हेलो फ्रेंड्स मैं हशिखा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजकल मार्केट में बहुत ही मीठे मीठे अंगूर मिल रहे हैं तो आज इन्हीं अंगूरों की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जिसे खाने से पहले ही सिर्फ देखने से आप खुश हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है तो यहाँ पर मैंने एक के बड़े वाले अंगूर लिए हैं बड़े वाले अंगूर बहुत ही मीठे होते हैं और हल्के हरे रंग के होते हैं तो वही वाले अंगूर हमें लेने हैं छोटे वाले अंगूर हम नहीं लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं तो इसे हम मिक्सर के जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर जूस बना लेंगे और जूस को हम बड़े से छन्नी से छान लेंगे अगर आपके पास ऐसी बड़ी सी छनी नहीं हो तो आप कोई साफ कॉटन सा कपड़ा भी ले सकते हैं और पेछला या चम्मच की हेल्प से आप इसे अच्छे तरीके से छान लीजिए पूरे जूस को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है बाउल में मैंने एक कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और जो अंगूर का जूस हमने निकाल कर रखा था इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें ये रेसिपी बहुत ही कम चीज़ों से बनकर आसानी से तैयार हो जाती है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं तो सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है तो इसके बाद मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया था कढ़ाई में मैंने ढाई कप के करीब में चीनी डाल दिया है अगर आपके अंगूर थोड़े भी खट्टे हों तो आप चीनी की क्वान्टिटी बढ़ा दीजिए आप दो ढाई कप के जगह पर तीन कप भी चीनी डाल सकते हैं और इसमें एक कप पानी डालकर हम इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे हमें ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है पाँच से छः मिनट तक पकाकर हम इसे चेक कर लेंगे उंगली की हेल्प से इस तरीके से देख लेंगे कि एक तरह की चाशनी बन रही है या नहीं अगर आपके भी एक तरह की ऐसी चाशनी बन रही है तो मतलब हमारा चीनी बिल्कुल रेडी है तो जो हमने अंगूर का जूस कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स करके रखा था इसको हम इसमें लगातार डालते हुए लगातार चलाएँगे इसे हमें रुकना नहीं है लगातार चलाते रहना नहीं तो कॉर्नफ्लोर बहुत ही जल्दी जमने लगता है दो से तीन मिनट में ही आप देखेंगे कि ये जमना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे मैंने एक ढक्कन केवड़ा डाला है ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं तो सभी चीज़ें हमें जल्दी जल्दी करनी है तो इसके बाद तुरंत ही बाद ही मैंने यहाँ पे दो बूंद फूड कलर डाला था क्योंकि इसे बनने में ज़्यादा से ज़्यादा पाँच से छः मिनट ही लगेंगे तो हमें सब कुछ जल्दी जल्दी ही करना होगा तो फूड कलर डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है लगभग ये पक तो चुका है लेकिन आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में किस तरीके से चिपक रहा है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो चम्मच घी डाला हुआ है जिससे कि ये हाथों में ना चिपके और जब हम खाएंगे ना तो हमारे दांतों में भी ना चिपके तो घी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए घी जैसे ही हमने घी डाला तो इसमें कितना अच्छा साइन आने लगा है और हमारा कढ़ाई भी छोड़ने लगा है तो लगभग दो मिनट पकाने के बाद हम इसको निकाल कर थोड़ा सा एक साइड में रख देंगे और ठंडा होने के बाद चेक करेंगे अगर यह हमारे हाथों में नहीं चिपक रहे होंगे तो मतलब ये बिल्कुल रेडी है तो एक बर्तन में आप ऑयल या घी ग्रीस कर लीजिए और उसमें इसको रख दीजिए सेट होने के लिए दस मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको फ्रिज में आधे या एक घंटे के लिए रख दीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से यह सेट हो जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है मुझे पता है कि इसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो फटाफट जाइए और आप भी बनाकर इसको खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी आप इसे किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं काजू से या फिर जो खरबूजे का बीज मिलता है ना उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं ये देखिए कितना शाइनिंग और कितना स्मूद है और इसका टेक्स्चर देखिए मैंने तोड़ भी आपको दिखा दिया आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा